हटो तो पे इसी रोन साधन तुम सके बोले इसी के तू दिल में जीना थोले कला की मुस्कुराहटों तो पे रोन साधन तुम मिल सके बोले में दिल माला अपनी जेब से फीर है फिर भी यार उठी के हम अमीर हैं। माला अपनी जेप से फीर आज के लिए वो जिंदगी जरे बाहर